Hey guys, आप लोग स्वागत है सो भाई वीडियो के टॉपिक पे आने का पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा थाउजेंड सब्सक्राइबर स्पेशल बेस्ट के बारे में जो कि भाई आप लोगों की इच्छा में होगी जल्दी जल्दी भाई सब्सक्राइब करो भाई वो लाल वाला बटन प्रेस कर दो बस थाउजेंड सब्सक्राइबर होगा और मैं मेरा की वाय स्टार्ट कर दूंगा। और आगे आगे मैं वीडियो में बताते जाऊंगा कि कैसे की वायु होगा कितना से होगा बस तो भाई आज का वीडियो के टॉपिक पे आते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने नॉर्मल यहाँ पर मैसेज किया ओके तो यहाँ पर नॉर्मल जो फोन नॉर्मल फोन में आ रही और आप इसमें इस फ़ोन को हम कैसे चेंज करेंगे सिंपली कोई मैसेज आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए वो कीबोर्ड चेंज करके फैंसी कीबोर्ड में आ जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल फोन में क्लिक करने के बाद आप जैसे भी हो जिस तरह के भी हो एक फोन को क्लिक कर लो जैसे कि मैं ये स्ट्राइक वाला ले रहा हूँ यहाँ पर हम फिर से हेल्लो टाइप करेंगे ये हो गया हेल्लो अब देखिए फ़ोन को आप देख सकते हैं ये फोन चेंज हो गया है आप फिर से और एक फोन से होता है जो यहाँ पे और भी फोन से तो मैं किसको किसको ऊपर वाले में कोई एक देखता हूँ हाँ यहाँ पे ये सर्कल वाला सही रहेगा इसे चॉइस कर लिया अब इस पे कोई एक मैसेज में टाइप किया है सिंपली एक मैसेज मैंने टाइप किया इनि देयर और देखिए भाई फ़ॉन्ट चेंज हो गया है आप देख सकते हैं ये जो फ़ॉन्ट चेंज का जो पहला जो ऑप्शन है इस आपका जो मैसेज है वो बहुत एक्टेक्टिव और गुड लुकिंग लगेगा देखने में भी, भी अच्छा लगेगा और इस पर ज़्यादातर तो लोग देखेंगे क्या है ये मैसेज जल्दी से एक्ट्रैक्ट होकर इस मैसेज को पड़ेगा आपका रिक्वेस्ट हो या क्लाइंट में कोई नाम हो तो भाई देखने में भी, भी अच्छा है काम भी बहुत अच्छा करते हैं तो ऐसे आप दिखा सकते हैं अपने दोस्त को और कुछ नहीं भाई जैसे कि मैं हे बो लिखा यहाँ पर देख सकते हैं। चेंज हो गया है टोटली फ़ोन तो भाई आज का वीडियो यहाँ पे ये वीडियो को भाई खत्म करने के पहले एक ही बात बताऊंगा भाई वो जो लाल वाला बटन है ज़ोर से क्लिक करो या धीरे से बस क्लिक हो जाना चाहिए भाई बगल में नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दो बहुत ज़रूरी है यार कर दो कर दो सदा कुछ नहीं सिर्फ सब्सक्राइबर मांग रहा हो अब और आगे अच्छे वीडियो देखने के लिए चलिए हमारे साथ लगे रहिए आज के लिए इतना ही बस चलता हो बाय